तो हाँ जी राम राम भाई सारे ने तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम आते मेरे तो फिल्टर पाट गया बारी था रिया ये काम आम हम ना करिए नहीं रे फिल्टर पाट देंगे हाँ अगर थम यो सोच का है कि इस वीडियो में था क्यू आने वाला मिलागा भाई साहब दो सब्सक्राइब करवाओ फिर मिलागा लेकिन इसमें भी दो तीन ट्रिका हैं जिससे थम जिन्हों फॉलो करके आसानी देना टैब ना दड़ा सकता थारी हर कमेंट का जवाब मैं उस क्यू एन ए वीडियो में दूँगा दो हज़ार सब्सक्राइबर करवा दे उससे पहला कोई नहीं आंदा फिर थम कदी कहाँ वही तो फेक बनावा यार मैंने इतनी मेहनत कर रखी मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं हो उसका क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा तो पहले इसका वर्जन देख ले, ले। बिना टाइम वेस्ट करे बिना स्किप करे देखिए फिर थम कहाँ चलता नहीं ठीक क्या इसकी थोड़ी ब्राइटनेससी बधा लें ये सब अपडेट करने के बाद हो तो अगर थाना अपडेट नहीं करा तो थम्सअप तो बढ़िया जो कर लिया फिर मेरे वरगे हाँ यार क्यों हो रहा है वो हैंग भी होने लगे टैप खटर लग गया, चाल गया, चाल गया। इंसर्ट तो चल गया इन सर्ट सिम कार्ड तो आज मैं थाना बहुत सी ट्रिकअता थोड़ी देर रेस्ट रखो तो बैक हो जाओ ध्यान से देखो इस बिना स्किप करे अगर स्किप कर कर का पहली बात तो हम देखा था ना पता रहा पता होना फेर ही चल गया बिना स्किप करे देखो भाई मेरे ये देखो पहले स्किस ब्रैटनेस बधाई लें देखो ठीक थी, देखिए ठीक दिख रहा हाँ बस तो चले भी देखो हम कहाँ थे फोटो वाला एप, फोटो ऐप ऐड किस तरह करा जहाँ तो ऊपर थ्री डॉट्स आ जा तो पहला पहले थर पर दिखा दूँ सैटिंग में जै क्यों यो वट है आ जिसमें वो फोटो वाला ऑप्शन है नहीं यार मैं थर ऐड करके दिखाऊंगा थे सबसे पहला सैटिंग में जाओ पहले मैं था प्रूफ दिखा दियो बिना स्किप करे देखियो हर कई भाई भाई थान ना लगा वीडियो भी थारे वीडियो जैसी आ तो थारे वीडियो जैसी है नहीं भाई हो कोई पानी है और जो हो भी स्ट्राइक ना दियो आज जोड़ रहे थारा छोटा भाई हूं। तो देख लो यहाँ जाओ यहाँ जाएगा कहाँ थी वाह हाँ इस वाह जिस तरह आप इस पर क्लिक कर रहे थे नीचे आ जाते इस पर क्लिक करोगे गैलरी पर स्कैनर पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पहला मैं तीर से आ ये देखो कह है छपे हुआ पहला मैं चार तीर से आवा थे देख लियो कह रहे छपे हुए देख लियो दिख गया देखो जो आ रहे छपे क्रोस से भी नहीं पा क्रोस क्लिक करने से क्या हुआ अरे बैक हो गया यो यार अपडेट करने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है अपडेट ना करिए जिन्ना ना करोगा भाई साहब अपडेट ना करिए इस ना न फायदे पर रह जाएंगे वाईफाई बजाओ जाओ मैं थोड़ा दिखा दू क्या प्रॉब्लम है रिया हाँ स्कैनर पर कई भाई कह रहे स्कैनर पर टच नहीं हों तो भाई साहब टच भी हो जाएगा नया एक बार रिपेयर ऐप कर लिया ना करना तो ड्रिस्क्रिप्शन वाली लिंक दे दूंगा जिस तरह इस तीर पर क्लिक करना देखो यो आ जा री डॉट सारी देखो ना फोटो वाला ऑप्शन है ना कुछ बैक करो इस पर क्लिक करो जो देखो और जिस तरह तो इस पर क्लिक कर दें ला पे दे डन कर दे तो जो कुछ ऐसा वो होगा और उसके बाद कहाँ भाई मैं कैमरा ऐड हो जाऊँ चल देखा कौन सा कैमरा ऐड होगा या तो एडवांस सैटिंग पर जाएगा नैट वाइफ एक भी कैमरा कुछ ऐड नहीं है सुनो बैक चलो ये एक चीज़ और दिखाओ स ये तो पहली प्रॉब्लम थी ये तो, तो पहली प्रॉब्लम टैप कवर दिन देख और दूसरी, ये तो पहली प्रॉब्लम थर म फोटो वाला ऑप्शन ऐड नहीं हो रहा यो दूसरी प्रॉब्लम एफ सरएप करो ये देखो परीक्षा पर चर्चा कर दिया पहली बात यहाँ व्हाइट वाइट टायर है रहे, तो उसकी वह कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा बिल्कुल टेंशन ना लियो जो व्हाइट वाइट टायर है और न्यूज चला ना फिर इसके बाद परीक्षा पर चर्चा पर क्लिक करो उसके बाद इस पर दो तीन बार क्लिक देखो यहाँ साइन इन नहीं लिख है रहा पर क्यों नहीं आ रहा है वो साइन इन पर बहुत यहाँ पर ऑप्शन सा नहीं आवा था उस पर ना वरना आई बना ली यो आई बनाने के बाद वो साइन इन नहीं आ रहा है मतलब अवसर ऐप पर भी मेरा कुछ चलता नहीं है मैं थर जोगा कहाँ ट्रीका काटे कर उड़ी ट्रीका बंद होगी लेकिन थम टेंशन ना लिए न्यू ना कहियो भाई भी ट्रिक रखी ना मतलब फोटो वाला ऑप्शन ऐड करने की पावर सेविंग ऑन ऑफ करने की भी ट्रिक निकाल रखी टेंशन ना लिए कोई भी तो ये भी अंज तकलीफ हो रही इसका कुछ नहीं होता गूगल गागल यूट्यूब या ट्यूब कुछ नहीं चलता छोटी स्क्रीन मनी थम बड़ी स्क्रीन के सपने ले रहे थे तो यहां दो तीन प्रॉब्लम आ रही और इसमें यो चाचा पता नहीं क्यों दे रखे कहीं भाई कह रही है मेरे बटन तो भाई साहब इस टैप ना न्यू कर दो यहाँ तो यहाँ तो बंद करका ना ये टैब न्यू सीधा यहाँ तो चालू करो इस टैब ने रोटेट कर दो न्यू जो हो गया देखो ऑटोमैटिकली यहाँ बटन आ जाएंगे सारे ये देखो नीचे कुछ भी चलागा यानी कि क्या चलाव जो इस मत होने का रोटेट इसमें हो जाएगा पर इसमें मत भी नहीं कुछ चलता देखो स्टूडेंट के उस मत तो भाई साहब य मैं थे बता दूँ कि वह वा फोटो वाला ऑप्शन किस तरह ऐड होगा तो सबसे पहला तो मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइब करवा दियो और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दे रख उस पर कल एक एक बाई दो दो कमेंट अगर वो ज्यादा नहीं अगर उस वीडियो पर 100 कमेंट होगी 100 तो कोई ज़्यादा नहीं आला बंदा भी कर देगा तो गेली वीडियो आ जाएगी मैं थाना दिखाया टैब देख लियो भी यही टैब आ दस बजे का टैम आज की तरीक देख लियो कभी कहा नवा पुराना कोई डेट देख लियो ले तो डेट देख लियो दस अप्रैल मंडे ग्यारह छब्बीस ले यो चीज़ थी भाई ये दो चार सबसक्राइबर हो जाएंगे तो थाना ट्रिक मिल जाएगी यानी इतनी मैंने मैं भी इतनी मेहनत करगा क्या फायदा जितने रिस्पोंस ही नहीं दें देंगे तो फिर मिला नवी वीडियो में वीडियो अच्छी लगी अच्छी तो लगी नहीं क्योंकि मैं कुछ सिखाया नहीं हो मैंने थरते चलो कुछ सखाया भी दूँ जाते जाते यहाँ इस पर ट्रिक करो यहाँ तो बैक करो या फिर दबाओ यहाँ तो पैक तो करो एक भाई कह रहा था यहाँ वा आ जा, कुछ नहीं आंदा भाई तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नवी वीडियो का जल्दी जल्दी एक हज़ार सब्सक्राइब पूरे करवा दो उस वीडियो को सौ कमेंटा करवा दो थरपा फोटो वाला एड और पावर सेविंग ऑन ऑफ की ट्रिक आ जाएगी तो फिर मिलेंगे नवी वीडियो में तब तक, तक के लिए राम राम